नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी संहिता आयुर्वेद और वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पानी के ऊपर कि पानी हमें कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए एक्चुअली पानी को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत ही मिथ्स हैं कि हमें पानी किस टाइम पे पीना है खाने के बाद पानी पीना है कि नहीं खाने से पहले पानी पीना है कि नहीं खाने के साथ हमें पानी पी, पी सकते हैं हम लोग के लिए इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ और जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि पानी आपको कब और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और कब आपको ठंडा पानी पीना है कब आपको गर्म पानी पीना है ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी तो शुरुआत करते हैं दिन के दिन के शुरू से मतलब कि सुबह से तो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पियो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको ठंडा पानी पीना है कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के आप दो लीटर पानी पियो ढाई लीटर पानी पियो कुछ लोग कहते हैं कि दो ग्लास पानी पियो तो ये सब कुछ हमें कंफ्यूज करता है कि हमें एक्चुअली पानी सुबह पीना है या नहीं पीना कैसा पीना है और कितना पीना है तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सुबह खाली पेट पानी पीने की तो देखिए जब भी हम उठते हैं तो रात भर में हमारे मुंह में जो सलाईवा इकट्ठा हुआ रहता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं तो आ, हमें सुबह सुबह उठकर कुल्ला नहीं करना है कुल्ला करने से पहले क्योंकि अगर हम कुल्ला कर लेंगे तो ये जो हमारी सलाईवा जो रात भर में एंजाइम्स हमारे मुँह में इकट्ठा हुए हैं ये सब पानी के साथ वेस्ट हो जाएंगे तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे मुँह में जो भी सलाईवा रात भर की इकट्ठी है इसे हम वापस हम अंदर लेके जाएं अपने पेट के अंदर जिससे कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करे तो हमें सुबह सुबह उठकर सबसे पहले ल्यूबॉम वाटर पीना है मतलब हल्का गुनगुना पानी हल्का गुनगुना क्यों पीना है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का जो टेंपरेचर है उसी से मिलता जुलता पानी हमें उस टाइम पर लेना चाहिए क्योंकि अगर हम ठंडा पानी पियेंगे तो वो हमारी डाइजेशन को स्लो करेगा जबकि सुबह सुबह हमें डाइजेशन को आ, अच्छा करना है उसको स्लो नहीं करना तो इसीलिए हमें सुबह सुबह उठकर कर ल्यूब वाम वाटर पीना है ठंडा पानी नहीं पीना है तो ल्यूब वाम वाटर हमने लिया और ये पानी हमेशा बैठ के ही पीना है और धीरे धीरे पीना है ऐसा नहीं कि आपने एक ग्लास भर के पानी लिया और आप गट गट करके बिना सांस लिए पी गए अगर आप इस तरीके से पानी पीएंगे तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा एज एट एज पूरा निकल जाएगा तो अभी जो हमें पानी पीना है सुबह सुबह एक तो वो ल्यूबॉम पीना है दूसरा हमें बैठ के पीना है खड़े होके नहीं पीना ठीक है और बैठ के हमें घूंट घूंट करके ग्लास से या लोटे से ये पानी पीना है डायरेक्ट बोतल से नहीं पीना है तो जब आप बैठ के घूंट घूंट करके ग्लास से ये पानी पीएँगे तो हर एक घूट के साथ पूरी सलाइवा मिक्स होके अंदर जाएगी और ये सलाइवा के साथ साथ जो उसके एंजाइम्स हैं जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं वो पूरे के पूरे एंजाइम्स अंदर जाएंगे और हमारी डाइजेशन को अच्छा बनाएंगे तो सुबह का पानी हमें ल्यूबॉम लेना है बैठ के लेना है धीरे धीरे पीना है घूट घूट करके पीना है और अब सवाल आता है कि हमें कितना पानी पीना है तो ये देखिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना लीटर ही पानी सुबह पीना है ये हर किसी की कैपेसिटी पर निर्भर करता है तो अगर आप पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से शुरू करें और आप सीधा एक लीटर पानी पीने लगें आप पी ही नहीं पाएंगे तो आपको धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो शुरू करिए अगर आपकी बिल्कुल हैबिट नहीं है सुबह पानी पीने की तो आप एक ग्लास से शुरू करिए अगर आप पहले से पानी ले रहे हैं तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए एक ग्लास का दो ग्लास करिए फिर तीन ग्लास करिए तो आइडियल जो अमाउंट बताया गया है सुबह खाली पेट पानी पीने के लिए वो है सवा लीटर तो सवा लीटर पानी क्यों बताया गया है क्योंकि सवा लीटर पानी जो होता है वो अगर हम एक बार में इकट्ठे लेते हैं मतलब घूट घूट करके ही पीना है आप पंद्रह से बीस मिनट या फिर तीस मिनट तक भी आप ले सकते हैं इस पानी को पीने के लिए लेकिन जब आप इकट्ठे ये एक साथ पानी सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो इतना पानी पूरा हमारा इनफ होता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को वॉश ऑफ़ करने के लिए तो जो भी एसिड सिक्रीशन हुई है रात में या जो भी कुछ रात का खाना खाया हुआ जो इंटेस्टाइन के अंदर है उसको क्लीन करने के लिए एक तरह से पूरा हमारा इसोफेगस से लेकर नीचे एन तक का जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उन सबको क्लीन करने के लिए सवा लीटर पानी बहुत अच्छे से काम करता है तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं सुबह तो एक ग्लास से शुरू करिए और उसे धीरे धीरे करके आपको सवा लीटर तक लेकर आना है तो सुबह सुबह उठकर कर आपको आ, सवा लीटर पानी कोशिश करनी है ल्यूक्ॉम वाटर लेना है और बैठ के घूट घूट करके पीना है और इसी को हम लोग ऊषा भी बोलते हैं ऊषा मतलब जो सुबह उठ के खाली पेट बासे मुँह जो हम पानी पी रहे हैं वो ठीक है और ये ऊषा को अमृत के समान बताया गया है आयुर्वेद में कि ऊषा पान अमृत के समान है तो अगर आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट पासे मुँह पानी पीते हैं लिकॉम वाटर अगर आप डेली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डायजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है और पेट बहुत अच्छे से साफ़ होता है तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यह आप उषा करना शुरू कीजिए तो ये तो दोस्तों हो गया सुबह पानी पीने की बात अब हम बात करेंगे कि खाना खाने से पहले हमें पानी पीना है कि नहीं पीना तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कुछ लोग कहते हैं कि खाने से एक घंटे पहले पानी पी लीजिए उसके बाद पानी नहीं पीना है कुछ लोग कहते हैं कि आधे घंटे पहले आपको पानी पीना है उसके बाद पानी नहीं पीना कुछ लोग ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है तो इसलिए हम खाना शुरू करने से पहले एक गिलास भर के पानी पी लेते हैं तो इससे हमें प्यास नहीं लगेगी बाद में तो इसमें जो सजेशन है जो आयुर्वेद में बताया गया है उसमें ये है कि अगर हम खाने के तुरंत पहले पानी पीते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं उनको पतला कर देता है जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता या फिर अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जो हमारी पाचकाग्नि है तो अगर हम क्या होता है अग्नि अगर हम प्रैक्टिकल में भी देखें कि अग्नि के ऊपर अगर हमने पानी डाल दिया और उसके बाद फिर उसको खाने को उसमें पकने के लिए रखा तो आप खुद ही देखिए अगर हमने अग्नि पे पानी डाल दिया तो अग्नि तो हो जाएगी जाएगी या वो बिल्कुल बुझ ठीक है तो हम जो उस पे खाना पकाने के लिए रखेंगे वो खाना से ही नहीं, या ही नहीं। तो इसी तरह से हमारा डायजेशन में भी रहता है तो इसी तरह से हमारा डाइजेशन में भी रहता है कि जो खाना हमने खाया अगर तुरंत पहले हमने ठंडा पानी पी लिया तो वो खाना ठीक से पचेगा नहीं और हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको खाने से पहले पानी पीना है तो आप कम से कम 40 मिनट पहले ही पानी पीजिए और कोशिश करिए कि ये पानी ठंडा ना हो थोड़ा गुनगुना ही हो तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा लेकिन वहीं अगर आप अपना वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो जाए और आपका वेट थोड़ा लूज हो जाए तो उस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो खाना खाने के आधे घंटे पहले अच्छा गर्म चाय के जैसा थोड़ा आ, मतलब गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी सिप सिप करके चाय की तरह आपको एक कप पानी पीना है तो अगर आप ये पानी खाने के आधे घंटे पहले लेते हैं तो ये आपकी मेटाबॉलिज़्म को फास्ट करता है इम्प्रूव करता है और आपके वेट लॉस में हेल्प करता है तो इसी जगह पर अगर आप वेट लॉस के लिए देख रहे हैं तो आप इसमें सिंपल पानी की जगह हर्बल टी भी ले सकते हैं जैसे कि आपने अजवाइन का पानी ले लिया जीरे का पानी ले लिया तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा तो ये हो गया खाना खाने से पहले पानी पीना है कितना पीना है और कैसा पीना है अब हो गया खाने के बीच में पानी पीना तो खाने के बीच में पानी पीने को लेकर भी बहुत सारी मित है कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बीच में बार बार पानी पीना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बीच में जब आपको प्यास लगे जितनी प्यास लगे आप अपनी इच्छा के अनुसार पानी ले सकते हैं परंतु आयुर्वेद ये बताता है कि आयुर्वेद में भी अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं कुछ आचार्य कहते हैं कि आयुर्वेद में खाना खाने के साथ पानी हमें नहीं पीना है क्योंकि ये पानी अग्नि को बंद कर देगा और हम जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा लेकिन उसी तरह दूसरे आचार्यों का मत यह है कि अगर हम खाने के साथ साथ पोष्ण जल या फिर हल्का गुनगुना ल्यूकॉम वाटर अगर हम सिप सिप करके पीते हैं मतलब कि आपने थोड़ा सा खाना खाया उसके बाद एक सिप आपने गुनगुना पानी पी लिया उसके बाद फिर से थोड़ा खाना खाया फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा एक घूट पानी पी लिया तो ऐसे घूट घूट करके एक एक घूट पानी आप आधे ग्लास तक पानी खाने के बीच में लेकिन शर्त ये है कि ये पानी कोष्ण होना चाहिए ल्यूबॉम होना चाहिए ठंडा पानी नहीं लेना है तो अगर आप इस तरीके से पानी आप लेते हैं तो आप खाने के बीच में ये जो पानी ले रहे हैं ये आपके डाइजेशन को कम नहीं करेगा यह आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा क्योंकि जो हम सॉलिड फूड ले रहे हैं उसके बीच में अगर हम एक एक फूट पानी लेते हैं तो सॉलिड को ब्रेक डाउन होने में मदद करता है वो अन्न को क्लीन करता है मतलब तोड़ने में मदद करता है और इसकी वजह से हमारे पेट को कम मेहनत करनी पड़ती है उसे तोड़ने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए तो डाइजेशन हमारा अच्छे से होता है तो अब आ गया खाना खाने के बाद हमें कब पानी पीना है तो आयुर्वेद में एक मत है कि भोजनते विषम मतलब भोजन के अंत में पिया गया पानी विष के समान है तो अभी हमने क्या देखा था कि उषा काल जो उषा पान होता है वो पानी अमृत के समान है इसी तरीके से अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी लेते हैं तो ये विष के समान होता है विष के समान इसे क्यों कहा गया है क्योंकि अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी लेंगे तो हमारी अग्निमंद हो जाएगी और डाइजेशन ठीक से नहीं होगा और डायजेशन अगर खाने का ठीक से नहीं होगा तो आहार रस ठीक से निर्माण नहीं होगा और हमारी धातुओं का ना तो पोषण ठीक से होगा और बल्कि आम निर्मिति हो जाएगी अनडाइजेस्टिड फूड जो टॉक्सिन्स हैं टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होकर हमारे पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई व्याधियाँ उत्पन्न करेंगे तो इसीलिए कहा गया है कि भोजन के अंत में अगर पानी पिया जाता है तो वो विष्व के समान हैं लेकिन तो हमें कब पीना है पानी और कैसा पानी पीना है तो दोस्तों खाना खाने के बाद अगर आपको प्यास लगी है तो अवॉइड कीजिए पानी नहीं पीना है बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो आप सिर्फ़ एक खून पानी वो भी ल्यूब वॉम वाटर का ले सकते हैं नहीं तो खाना खाने के 40 मिनट के बाद ही आपको पानी पीना है और वो भी कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद जब 40 मिनट बाद आप पानी पी रहे हैं तो वो पहला पानी ल्यूब वाम हो और उसके बाद ही आप नॉर्मल टेम्परेचर का या फिर ठंडे जल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खाना खाने के 40 मिनट के बाद जब आप पानी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो पोषण ही हो या फिर रूम टेम्परेचर का हो तो ये हो गया खाना खाने के बाद का पानी लेकिन इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है खाना खाने के बीच में पानी बार बार पीने की या फिर खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पीने की एक ग्लास भर के पानी को पी लेते हैं तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पानी नहीं लीजिए पानी की जगह पर आप छाछ ले सकते हैं या फिर बटर मिल्क या फिर हम जिसको मट्ठा बोलते हैं तो छाछ जो होता है ये डाइजेसन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बहुत हेल्पफुल होता है और अग्नि वर्धन करता है तो अगर आपको पानी पीने की आदत है तो आप पानी की जगह पर एक एक ग्लास छोटा ग्लास छाछ का लेकर बैठिए और खाने के बाद में एंड में जो आप ले रहे हैं वो छाछ से ही अपना खाना ख़त्म करिए तो अगर आप डेली प्रैक्टिस इस तरीके की करते हैं तो आपका डायजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से बचे रहेंगे उसके बाद बात आती है कि हमें दिन में पानी कब पीना चाहिए तो आयुर्वेद में ये नियम है कि ऐसा कुछ नहीं बताया कि पूरे दिन में आपको दो लीटर ही पानी पीना है पूरे दिन में आपको तीन लीटर पानी पीना है या चार लीटर पानी पीना है ऐसा आयुर्वेद में नियम नहीं है आयुर्वेद में बताया है कि जब आपको फील हो जब आपको प्यास लगे तब आपको पानी पीना है लेकिन नियम यही है कि आपको बैठ के घूट घूट करके पानी पीना है उसको एनगल्फ नहीं करना एकदम से लगातार गड़गड़ करके नहीं पी जाना उसको घूट घूट करके आपको धीरे धीरे बैठ के पीना है जिससे कि उस वो जो पानी है उसका जो जीवनीय गुण है जो तर्पण गुण है वो हमारे शरीर को पूरा लग सके और हम उसका पूरा आनंद ले सके और उससे हमारे शरीर का तर्पण हो सके ठीक है तो दोस्तों आज हमने बात की कि पानी हमें कब पीना है कितना पीना है और किस हिसाब से पीना है तो अगर आप आयुर्वेद के इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो आप अपना स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और व्याधियों से बच सकते हैं इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद